माई चैनल आप सब कैसे हैं बढ़िया तो आज हम बात करने वाले हैं मैंने मीसो से परचेज़ किया है हैंगिंग फ्लावर जिसके बारे में उससे पहले हम आपको बता दें जिन्होंने मीसो ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे चेक करना ना भूलें मीसो से सामान खरीदना और उसे रिटर्न करना बहुत ही आसान होता है उसे जो परचेज किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंगिंग फ्लावर दिखने में बहुत ही सुंदर है बट बहुत थिन है सिंगल हैंग करने में बहुत थिन लग रहा है लेकिन अगर हम इसे डबल करके हैंग करते हैं तो बहुत हैवी सा बहुत सुंदर लग रहा है लंबाई काफ़ी अच्छी है और इसे हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं देखिए कितना सुंदर लग रहा है हैंग करने पर नहीं होती हैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा उसे चेकआउट करना ना भूलें आप इसे परचेस जरूर करें इसके लिए बिग थम्सअप है अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक like और शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉच।